दर्शकों मंगल का कन्या राशि में गोचर वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति माना जाता है मंगल ऊर्जा शक्ति एवं पराक्रम का मुख्य कारक ग्रह है जहां जाता की कुंडली में मंगल साहस और को, को दिखाता है वही हिंदू पौराणिक में मंगल, मंगल को में यानी पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है मंगल में एवं राशियों का स्वामी है आपको पता होगा कि कर्क राशि में नीच के और मकर राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं मंगल सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति के मित्र है तो बुद्ध व केतु के साथ इनका सत्वा संबंध है शुक्र और शनि के साथ इनका संबंध जो रहता है, रहता है, है। ये तटस्थ मेष इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। दक्षिण दिशा के स्वामी और अग्नि तत्व तो प्रधान ग्रह हैं। मंगल ग्रह है रक्त से संबंधित बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल ग्रह है 25 सितंबर 2019 दिन बुधवार को प्रातः पाँच बजकर छप्पन मिनट पर कन्या राशि में गोचर करेंगे और 10 नवंबर 2019 रविवार की दोपहर इकतीस मिनट तक की इसी राशि में रहेंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का मंगल का या ट्रांसिट मंगल का या गोचर क्या कुछ लेकर के या कैसा प्रभाव पड़ेगा इस पर एक दृष्टि डालते हैं मेष राशि के जातकों मंगल आपकी राशि से ष्टम भाव में संचरण करेंगे इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा आपके सीनियर्स भी आपके अच्छे प्रदर्शन की सराहना करेंगे इस अवधि में आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ मिलने के योग हैं हालांकि सेहत को लेकर के आपको कोई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना रहेगा यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो इस अवधि में आप उसे चुकाते हुए नजर आएंगे तौर पर प्रयास कि कि ये करिएगा शुक्रवार वाले दिन मिश्री और दूध का दान आप लोग करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा राशि के जातकों मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे इस दौरान बच्चों के भविष्य को लेकर आपको थोड़ी चिंता सता सकती है अथवा अच्छा किसी बात को लेकर आपको उनके साथ मनमुटाव भी संभव है आपके प्रेमी जो है आपके लव पार्टनर के साथ किसी तरीके का विवाद हो सकता है अतः उनकी भावनाओं को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा सफलता पाने के लिए आप कोई गलत तरीका अथवा अच्छा शॉर्टकट अपना सकते हैं जो आपके लिए उचित नहीं होगा इस दौरान शत्रुओं की चाल से बचकर कर रहिएगा अन्यथा वे आपको हानि पहुंचा सकते हैं वहीं विवाहित भिवा, लोगों को अपने जीवन साथी की मदद से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं आपके खर्चे में वृद्धि बहुत ज़्यादा संभव है उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे वो विदेश जाते हुए नजर आएंगे कार्य में कोई नया टास्क आपको आपके उच्चाधिकारी दे सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार वाले दिन तांबे के बर्तन गुड़ और गेहूं का दान करेंगे तो सब कुछ स्थिति ठीक रहेगी मिथुन राशि के जात को मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा इस दौरान आपके अपने ही लोग आपके काम में बाधा बनकर खड़े होंगे ऐसे में उन्हें अपनी बात को प्यार से समझाने की कोशिश करिएगा घर का वातावरण भी कुछ मामलों में अशांत रह सकता है परिजनों के बीच किसी मसले को लेकर के विवाद अथवा झगड़ा संभव है इस दौरान उनके बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करिएगा और मामले को बातचीत के माध्यम से यदि आप फल करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा वही माता की सेहत को लेकर जो है कुछ आप कमजोर हो सकती है अतः उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा सावधानी के साथ वाहन चलाइएगा अन्यथा आपके साथ कोई अप्रिय घटना दुर्घटना घट सकती है बुखार अथवा रक्त से संबंधित रोग का सामना इस दौरान आपको करना पड़ सकता है इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के पूरी सावधानी आपको बरतनी रहेगी आर्थिक क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम मिलने के योग हैं कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार को बेसन अथवा चने का यदि दान करते हैं और हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करते हैं तो सारी स्थितियाँ ठीक रहेंगी वहीं कर्क राशि के जातकों मंगल का आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण करेगा इस दौरान आपकी इच्छा शक्ति और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है अपने शत्रुओं को आप आसानी से परास्त करने में सफल होंगे तीसरा भाव पराक्रम का होता है घर में भाइयों का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है इसलिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा गोचर की इस अवधि में आपके धन में वृद्धि होने के योग हैं और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की प्रबल संभावना रहेगी आपकी तर्क शक्ति भी बढ़ेगी सरकारी अथवा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से आपको लाभ मिलने की योग है कोशिश कीजिएगा कि सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करिए और हनुमान जी को आप चमेली के तेल में सिंदूर लगा करके आप लेप लगाइए मंगलवार शनिवार को सभी चीजें अच्छी रहेंगी सिंह राशि के जात को मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा इस दौरान आपके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है और अपनी वाड़ी में कड़वाहट देखने को मिल सकती है परिजनों के साथ बात विवाद पड़ोसियों के साथ बात विवाद हो सकता है अतः अपने गुस्से पर नियंत्रण में रखने का आप पूरा प्रयास करिए तो अच्छा रहेगा गोचर के दौरान आपको धन लाभ के तमाम योग मिल रहे हैं लेकिन आपको आपको कार्य के दौरान तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जीवन साथी की सेहत में भी कुछ कमी देखी जा सकती है इस अवधि में आग और विधि उपकरणों से आपको सावधानी बरतनी रहेगी और सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा कोशिश कीजिएगा हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा और सुंदर का आप लोग पाठ जरूर करिए कन्या राशि के जातकों मंगल देव का ये गोचर जो रहेगा आपकी अपनी राशि में होगा और ये आपके प्रथम भाव में स्थिति है इस दौरान आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि होगी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए इस अवधि में आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा कोई मौसमी बुखार आपको हो सकता है सिरदर्द इत्यादि की शिकायत रह सकती है जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कुछ मामलों में कमजोर रहेगा अतः उनके स्वास्थ्य की आपको देखभाल करनी रहेगी वाहन चलाते समय ड्राइविंग करते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी रहेगी नशे में वाहन बिल्कुल भी मत चलाइएगा अन्यथा कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना आपके साथ घट सकती है कोशिश कीजिएगा महा मृत्युंजय की एक माला प्रतिदिन जपिए और मंगलवार को लाल वस्त्र का दान हनुमान जी के मंदिर में आप लोग अवश्य करें तुला राशि के जातकों मंगल आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेगा इस दौरान किसी समस्या के कारण आपको मानसिक तनाव रहेगा आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो लिहाजा अपने बेवजह के खर्चों पर आपको पाबंदी लगाने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी लंबी दूरी की अथवा विदेश भ्रमण पर जाने के योग बन रहे हैं आपके बाएँ आँख से संबंधित कोई संक्रमण हो सकता है इसलिए आपके मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा परिजनों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है पेशेंट अपना बिल्कुल आपको नहीं खोना है कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुलाब का या कनेर का फूल आप लोग चढ़ाइए और वहीं पर बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर करिए वृश्चिक राशि के जातको मंगल आपकी राशि से एकादश भावों में गोचर करेंगे इस दौरान आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है संभवतः इस अवधि में आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि हासिल हो सकती है पारिवारिक जीवन में भाइयों के साथ आपके रिश्ते अच्छे और मधुर बने रहेंगे उनके द्वारा आपको किसी प्रकार का लाभ भी प्राप्त हो सकता है वही आपकी आर्थिक जीवन में काफी ज्यादा प्रगति और आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत मंगलदेव का यह गोचर दे रहा है यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए में दिया है तो उसमें भी आपको जबरदस्त मुनाफा होने के सुख संकेत है कोई आपकी प्रॉपर्टी की यहाँ पर सेल होती हुई दिखाई पड़ रही है कोशिश कीजिएगा कि भगवान शिव का पूजन कीजिएगा उनको जल में काले तेल डाल के अभिषेक करिए और डेली आपको आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करना रहेगा धनुराशि के जातकों मंगल आपकी राशि से दशम भाव कर्म क्षेत्र में संचर करेंगे इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी आपको धन लाभ के भी योग मंगल देव का गोचर दिलाकर के जाएंगे हालांकि सेहत के मामलों में कुछ कमजोरी रह सकती है इसलिए पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गोचर की अवधि में काम के चलते आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है और कार्य के दौरान बाधाएं भी आ सकती हैं घर का वातावरण थोड़ा अशांत रह सकता है वहीं माता जी की सेहत में भी कुछ कमी देखी जा सकती है ऐसे में उनके की आप लोग देखभाल करिएगा वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से मतभेद होने के पूर्ण आसार हैं कोशिश करिएगा कि उनसे आपके संबंध मधुर रहे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा भाइयों से मधुर रिश्ते आपके बनाए बनाए तो अच्छा रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी का जो हनुमान बाहुक स्त्रोत है इसका आपको पाठ करना रहेगा मंगलवार वाले दिन शनिवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि आप लोग शनि मंदिर जाकर के शनिदेव के भी दर्शन जरूर करें वहीं मकर राशि के को, मंगल आपकी आपकी राशि से भाव भाग भाव भाग्य में में गोचर करेंगे इस दौरान पिताजी की सेहत में कुछ कमी देखी जा सकती है अथवा उनके साथ आपके बैचारिक हो सकते हैं भाई बहनों के साथ किसी बात के चलते आपका मन मुटाव हो सकता है कोशिश करें कि परिजनों से आपके संबंध मधुर बने रहें गोचर के दौरान आपके खर्च में वृद्धि की संभावना है हालांकि इसके विपरीत आपको आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं पर पैसों की को सोच समझ करके खर्च करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा इस बीच किसी को उधार ना दे तो बेहतर रहेगा लाल मसूर का दान मंगलवार वाले दिन करिए और बंदरों को गुणचना आप लोग जरूर खिलाइए कुंभ राशि के, के जातकों मंगल देव का यह गोचर जो रहेगा आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा इस दौरान आपको अपने काम में बाधाएं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा गोचर के दौरान आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं घर में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है कोशिश करें कि उनके साथ आपके संबंध प्रेम पूर्वक बने रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा वाहन चलाते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी रहेगी अधिक तेज और नशे में वाहन न चलाएं अन्यथा बहुत विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे इसके अलावा अपनी आंखों की देखभाल करिएगा साथ ही कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके समाज में मान सम्मान में कोई कमी आए कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार वाले दिन आप लोग जो है सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान जी को चने और गुण का भोग जरूर लगाइए मीन राशि के जातकों मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेंगे गोचर करेंगे इस दौरान आपके जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध बढ़ने की संभावनाएँ रहेंगी वे आप पर हावी होने का प्रयास प्रिया, करेंगे साथ ही वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा भी संभव है ऐसे में जीवन साथी के साथ बहसबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें पारिवारिक जीवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वहीं कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे महिलाओं से अच्छे रिश्ते बना करके चलिए कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी की आप पूजा करिए हनुमान जी को लाल पुष्प चलाइए चढ़ाइए और केले का भोग आप लोग हनुमान जी को अवश्य लगाएं मंगलवार वाले दिन ही किसी गाय को आप लोग जो है गुड़ और चना या बेसन आप लोग जरूर खिला सकते हैं बेसन से बनी हुई कोई मिठाई भी खिला सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं फेसबुक पेज पर पे देख रहे तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार